हैप्पी होली गाई यहाँ पे ना गेहूं के आटे का बनाया हुआ हलवा आप लोग देख सकते हो और साथ में ये और हमारे पास है ये कोमटे की बनाई हुई देसी सब्जी आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है गाइज का दहन करते हैं तो आप लोगों को भी देखने मिलेगा कि हमारे गांव में होली का दहन कैसे होता है ज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग तो कैसे हैं आप सब उम्मीद की आप सब बढ़िया होंगे ये मैं हूँ और ये मेरा छोटा भाई है और आज है स मार्च यानी होली मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली हम दोनों भाइयों ने ना यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो शूट किया अभी जस्ट कसन जी के ऊपर बहुत उस चैनल का भी स्क्रीन शॉट लगा दूंगा आप लोग जरूर देखना हम दोनों भाईये मिल के बनाई है और लगी। लगी। होली और अभी रात को होली का दहन भी होगा वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और अभी हम दोनों भाई ना यहाँ पे बैठे आप लोग देख सकते उठेंगे यहाँ से और मंदिर पर भी चलेंगे वहाँ पर पूजा करेंगे उसके बाद होली दहन है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे आज का ब्लॉग ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो एंड तक देखिए हाँ तो चलो अभी हम दोनों भाई और तेरा ये निकाल देते हैं तो so गाइज फिलहाल मैंने पूजा कर ली है और अभी है इवनिंग का टाइम और अभी यहाँ पर पूजा कम्पलीट हो चुकी है और अंदर में बन रहा है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना और खाना तो बाद में ही खाएंगे वापस आके तो अभी चलेंगे वहाँ पे जहाँ हम होली का दहन कर रहे हैं हम सब मिलकर एक जगह होली बनाते हैं और होली दहन करते हैं तो आप लोगों को भी देखने मिलेगा की हमारे गाँव में होली दहन कैसे होता है शायद सराज भी वहाँ पे चलेगा हाँ। तो हम सब जहाँ पर so, हमने होली का, का दहन किया था वहाँ पर मैंने ब्लॉग तो बनाया था बट अभी वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ पे नॉइस है वो बहुत ही ज्यादा आ रही थी तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनमें से कोई तो हमारे अंकल है कोई है है कोई सोटे दादा जी है, कोई बाकी सब बस भाई लोग हैं हमारी होली है वो हम कुछ इस तरीके से मनाते हैं मिलकर सब आप लोग कैसे होली मनाते हैं और इस होली पर आपने क्या क्या क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे और यहाँ पर जो होली का दहन हो रहा था उस टाइम मैं तो एक साइड आकर ब्लॉग बना रहा था हम सब ने तो मिलकर मस्त से होली मना ली और होलिका का दहन हो ही रहा था और मैं तो एक साइड से व्लॉग बनाए जा रहा था और खूब नॉइस होने के कारण मैंने अभी वॉइस रिकॉर्ड की है और आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है होलिका का दहन होते हुए और यहाँ पर ये जो हमने होली बनाई थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी फिर भी आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा मस्त लग रही है और उसके बाद हम घर चले आए भाई जब फिलहाल खाना खाने से पहले थोड़े बहुत ये खा लेते हैं इसे आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके बताना आप लोग देख सकते हो ये ना सटपटे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट यहां पे ना गेहूँ के आटे का बनाया हुआ हलवा आप लोग देख सकते हो और साथ में ये सटपटे तो तो अभी मैं इसे खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट है तो बड़ा तो स्वादिष्ट लग रहा है आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा और सॉरी यार सचि का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रखा है और आप लोग भी आइए और खा लीजिए तो मैं तो खा ही रहा यहाँ पर दीदी ने हलवे के साथ साथ जो सब्ज़ी में बनाई थी वो थी कुमटे की सब्ज़ी जिसे हम लोग मारवाड़ी भाषा में हिलारिया कहते हैं हिलारिया की सब्ज़ी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही हैं और कभी आप भी आइए हमारे घर पर खाने के लिए